तुछादर मुद, तुछादर मुद, नहीं नहीं नहीं, जी सुनते वो देखो ना बच्चे झगड़े कर रहे हैं अबे चूतियों वो मादर चोध होता है समझ का नहीं गए हो ये जी अभी जो है ना गंड मार्के रखे हुए हो वो चादर मोड़ने के लिए बात कर रहे हैं